ध्रुव अकेडमी के पीछे के पहाड़ पर अपनी एक तकनीक हासिल की थी और लो थी थी लेवल तकनीक वही दूसरी तकनीक थी क्लास टू की हाई लेवल तकनीक जो क्लास तीन की तकनीक थी वो थी रफ्तार की तकनीक जिसका इस्तेमाल मुकाबलों के दौरान हमलों से बचने के लिए किया जा सकता था और रही बात दूसरी तकनीक की तो वो थी सुपरसोनिक तकनीक जिसका इस्तेमाल मुकाबलों के दौरान हमला करने के लिए किया जा सकता था इसके साथ ही ध्रुव ये भी अच्छी तरह से जानता था कि इन दोनों को सीखना उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था वो भी आचार्य विदुर की मदद के बावजूद इसलिए थोड़ा बहुत सोचकर ध्रुव ने फैसला किया कि वो सबसे पहले शेर की दहाड़ को सीखने में अपना पूरा ध्यान लगाएगा ऐसा इसलिए क्योंकि ये तकनीक एक क्लास टू की तकनीक थी जिसे सीखना क्लास तीन की तकनीक तो थ्री था पल के लिए हैरान ही रह जाता लेकिन फिर भी भले ही क्लास तीन की तकनीक के मुकाबले ये तकनीक सीखने में थोड़ी आसान थी मगर इसे सीखना भी काफी ज्यादा मुश्किल माना जाता था ये तकनीक और भी ज्यादा मुश्किल हो जाती थी ध्रुव जैसे लोगों के लिए जो पहली बार किसी सुपरसोनिक तकनीक को सीखने की कोशिश कर रहे थे इस दौरान हरियाली पहाड़ से लगे घने जंगल की थी जिसके पास से कल कल करते चांदी के रंग के पानी की आवाज सुनाई पड़ रही थी वो झरना पहाड़ के ऊपरी हिस्से से गिरते हुए चट्टानों पर आ रहा था जिससे पानी की छीटे उछलते हुए हर तरफ फैल रही थी इस दौरान ऐसी एक चट्टान तो वही ध्रुव के ऐसा करते ही उस पहाड़ के पास वो दहाड़ कुछ देर तक तो गूंजने लगी तभी ध्रुव को जोर की खांसी आ गई लेकिन फिर ध्रुव ने अपने आप पर काबू पाते हुए एक बार और थोड़ी जोर से दहाड़ने की कोशिश की मगर इस बार भी दहारते ही ध्रुव को जोर से खांसी आने लगी फिर खांसते खांसते उसका चेहरा लाल दिखने लगा और फिलहाल उसे अपने मजबूरी में, में अपनाते हुए खुद से कहा सुपर सोनिक तकनीक तो कुछ ज्यादा ही मुश्किल है मुझे दहाड़ते हुए पूरी दोपहर हो गई लेकिन फिर भी मैं इसे अच्छी तरह से सीख नहीं पाया अब तो मुझे लगता है कि कहीं मैंने एक बार और दहाड़ा तो मेरी आवाज ही ना चली जाए ना जाने इस दहाड़ को हमले की तरह कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है इस पल अगर कोई ध्रुव की आवाज को ध्यान से सुनता तो उसे समझ आ जाता कि वो कुछ दिनों पहले के मुकाबले काफी ज्यादा खराश भरी लग रही थी इससे साफ समझ आ रहा था कि उसे ये शेर की दहाड़ तकनीक सीखने में कितनी मुश्किल हो रही थी इतने में ध्रुव को अपनी अंगूठी के अंदर से आ जा रहे विदुर की मुस्कुराहट भरी आवाज सुनाई पड़ी ध्रुव सच कहूं तो मैं इस बात से बहुत हैरान हूं कि तुम महज़ एक अपने गले को मलते हुए आचार्य को जवाब दिया आचार्य मैं खुद इस तकनीक की बहुत प्रैक्टिस करना चाहता हूँ लेकिन मुझे जितना याद आता है उस हिसाब से आपने कहा था की इस तरह की तकनीक को एक हफ्ता की प्रैक्टिस करना चाहिए नहीं तो गला बहुत जल्दी खराब हो जाता है है ना? और अभी तो मुझे ऐसा करते हुए तीन घंटे ही गुजरे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि अगर मैंने और देर इस दैक्टिस की, की तो शायद सोच भी नहीं सकता और मुझे लगता है की गले पर इतना जुलम उठाने पर कहीं मेरी आवाज ही हमेशा हमेशा लेना चली जाए ये सुनकर आचार्य विदुर ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा ऐसा किसी मामूली योद्धा के साथ हो सकता है ध्रुव लेकिन तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं क्योंकि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें इस बारे में फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है वहीं ध्रुव मतलब के सवाल पर आचार्य ने उसे जवाब देते हुए पूछा क्या तुमने वो सभी जड़ी बुटिया कर ली है जो मैंने तुम्हें कल रात बताई थी इस पर ध्रुव ने सिर हिलाते हुए उन्हें जवाब दिया जी आचार्य मैंने आपकी बताई सभी जड़ी बुटियां इकट्ठी कर ली है सच कहूं तो इस इलाके के आसपास वोहान साम्राज्य से भी बहुत ज्यादा जड़ी हैं और गोली तैयार करनी होगी मैं उस गोली का नुस्खा तुम्हारे दिमाग में अभी भर देता हूँ इस आवाज के तुरंत बाद ध्रुव को महसूस हुआ की उसके दिमाग में दवा बनाने की ढेर सारी जानकारी जा रही थी इस वजह से ध्रुव को अपना सिर थोड़ा भारी लगने लगा लेकिन फिर उसने खुद पर काबू पाते हुए उस बात को समझा फिर जैसे ही सारी जानकारी ध्रुव के दिमाग के अंदर गई तो उसने कुछ सोचते हुए दवा के बारे में कहा, एक जलन ठीक हो सकती है यह दवा खासतौर पर गले के लिए खाई जाती है इस दवा को बनाने के लिए जिन चीजों की जरूरत पड़ती है वो है आइस स्पिरिट की पत्ती तीन पत्तियों वाली बेल और एक जल मूल शक्ति का तिलसमी पत्थर इतने में आचार्य विदुर ने ध्रुव को समझाया ये कैसी दवा है, जिसका नुस्खा मैंने तब तैयार किया था जब मेरे पास कुछ और करने को नहीं था यह दवा तुम्हारे गले को अच्छी तरह से संभाल सकती है तुम जैसे इस दवा को खाओगे फिर तुम्हें इस बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है कि तुम कितनी देर शेर की दहाड़ की प्रैक्टिस करते हो इस वजह से तुम्हारा गला तो तुम्हारी तकनीक सीखने के रास्ते में अड़चन नहीं बनेगा और तो और इसे खाने के बाद तुम्हारी खूबसूरत आवाज भी कहीं नहीं जाएगी कोई मामूली की की लेकिन अब जो की वो आइस स्पिर लिक्विड लेने वाला था इसलिए ध्रुव लगातार कुछ दिन तक तो दहाड़ने की प्रैक्टिस कर ही सकता था ध्रुव समझ गया था की अगर वो लगातार दो दिनों तक कड़ी ट्रेनिंग करता रहा तो वो जरूर शेर की दहाड़ तकनीक को अच्छी तरह से सीख लेगा वैसे देखा जाए तो ये आइस स्पिरिट लिक्विड कोई दवा नहीं थी लेकिन इसे बनाने के लिए भी काफी ध्यान की जरूरत पड़ती। इसलिए आचार्य विदुर के नुस्खा बताने पर ध्रुव ने बड़े ध्यान से उस लिक्विड को बनाना शुरू किया और कुछ ही वक्त में ध्रुव उसे बनाने में कामयाब भी हो गया दरअसल उसकी कामयाबी के पीछे उसकी सबसे बड़ी वजह थी उसकी अंदरूनी शक्ति जो मामूली हकीमों से काफी ज्यादा थी सिर्फ आधे घंटे की मेहनत से ध्रुव इतना आइस स्पिरिट लिक्विड बनाने में कामयाब हो गया कि उसे उसने दो बोतलों में आराम से भर दिया तभी आचार्य विदुर ने अपना सिर हिलाते हुए के सामने रखी दोनों बोतलों को देखा और फिर मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा मानना पड़ेगा ध्रुव तुम्हारी काबिलियत को तुम बहुत अच्छी तरह से रोशनी काबू करने लगे हो ऐसा लगता है की इसके पीछे तुम्हारी शानदार अंदरूनी शक्ति का हाथ है बहुत खूब वैसे तो आचार्य जानते थे की आइस स्पिरिट लिक्विड बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था लेकिन पहली बार बनाने के हिसाब से भी ध्रुव ने वो लिक्विड काफी जल्दी तैयार कर लिया था इस नतीजे को बहुत ज्यादा अच्छा माना जा सकता था इतने में आचार्य हुए कहां एक बार ये लिक्विड पीना होगा उसके बाद तुम जैसे चाहो वैसे शेर की दहाड़ की प्रैक्टिस कर सकते हो और अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो शायद बुलंद आवाज के साथ साथ तुम्हारी दहाड़ में ढेर सारी शक्तियां भी भर जाए रही बात उस थ्री लाइटनिंग मूवमेंट की तो मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम फिलहाल उससे दूर ही रहो मेरा ऐसा कहने की सबसे बड़ी वजह यह है कि तुम्हारे पास फिलहाल बहुत कम वक्त है ऊपर से वो तकनीक एक क्लास तीन की तकनीक है जिसे प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है इसलिए मेरे ख्याल से हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं की तुम अंदरूनी हिस्से में जाओ और फिर मैं मौका देख कर ट्रेन करने का रास्ता ढूंढू वही आचार्य की बात सुनकर ध्रुव ने अपना सिर हिलाते हुए उन्हें जवाब दिया जी आचार्य आप जैसा ठीक समझे इतना ध्रुव ने पहले एक बोतल अपने ध्रुव के, कि के, तो के गले की जलन और खराश को पल भर में गायब करने लगा इस एहसास के चलते ध्रुव ने मुस्कुराते हुए खुद से कहा आइस स्पिरिट लिक्विड तो वाकई काफी असरदार है मेरे गली का दर्द तो चुटकियों में गायब हो गया चलो एक बार फिर शुरुआत करते हैं शेर की दहाड़ पर महारत हासिल करने की ये कहते हुए ध्रुव के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहटने की कोशिश की लेकिन कि मुंह से निकलते ही उसकी दहाड़ एक अजीब सी शक्ति में बदल गई जो की हर तरफ फैलने लगी यहाँ तक की ध्रुव के मुंह से निकली शक्ति से पास की झील में भी बुलबुले दिखाई देने लगे उसके बाद ध्रुव लगातार खुद को ट्रेन करता रहा और इसी तरह वक्त गुजरता रहा फिर दो दिनों के बाद ध्रुव उस झरने के पास ही बैठकर अपनी शक्तियां बढ़ाने की ट्रेनिंग कर रहा था इस दौरान वो चारों तरफ से हरे रंग की शक्तियों से घिरा हुआ था जैसे ही वो सारी शक्तियां ध्रुव के शरीर के अंदर चली गई तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली जिसमें अब एक हरे रंग की चमक दिखाई देने लगी थी उसके बाद ध्रुव ने अपने शरीर में तेजी से बहती शक्तियों को महसूस कर अपने आप से हैरान होते हुए कहा यह जगह तो ट्रेनिंग के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हुई सिर्फ दो दिनों की ट्रेनिंग में मुझे ऐसा लगने लगा है कि मेरे शरीर की शक्तियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं इस रफ्तार से तो मैं दो महीनों की ट्रेनिंग के बाद शायद सात सितारों वाला महादक्ष बन जाऊँगा लेकिन बुरी खबर यह है कि दो दिनों की जीतोड़ ट्रेनिंग के बाद भी मैं शेर की दहाड़ को अच्छी तरह से नहीं सीख पाया हूँ जबकि मेरे पास तो आइस स्परिट लिक्विड की मदद भी थी वैसे देखा जाए तो अब कम से कम मेरी दहाड़ से कुछ शक्ति तो बाहर निकल रही है लेकिन वो इतनी कमज़ोर है कि मैं उसका इस्तेमाल मुकाबले के दौरान तो बिल्कुल नहीं कर सकता ये कहते हुए ध्रुव की, की, की, को की, को को की कोशिश में जुट गया इस दौरान ध्रुव ने महसूस किया कि उस झील में छोटे छोटे बुलबुले बन रहे थे जिन्हें देखकर ध्रुव को थोड़ी शांति महसूस होने लगी फिर कुछ देर तक तो ध्रुव ऐसे ही खड़ा रहा और उसे समझ नहीं आया कि उसे ऐसे रहते रहते कितना वक्त गुजर गया इस वक्त उसके कानों में झरने के बहते पानी की ध्रुव को पता ही नहीं चला की वो कब झील की शांति में खोते हुए एक ऐसी रहस्यमयी जगह पर पहुंच गया जिसके बारे में ध्रुव को कुछ भी नहीं पता था इतने में अचानक ध्रुव के दिमाग में एक बहुत हल्की दहाड़ सुनाई पड़ी जिसके बाद वो दहाड़ धीरे धीरे बड़ी होने लगी यह दहाड़ ध्रुव की ही दहाड़ थी जो पिछले दो दिनों से इस इलाके में गूंज रही थी वैसे तो आमतौर पर ध्रुव ऐसा कभी नहीं कर पाता लेकिन फिलहाल उसे अपने दो दिनों की अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी ध्रुव को महसूस होने लगा दहाड़ में कहा गलती हो रही थी उसके, बाद उसके दो दिनों की सारी दहाड़े ध्रुव के दिमाग में अचानक से एक दूसरे से मिलने लगी और फिर वो छोटी छोटी दहाड़े एक बड़ी दहाड़ में बदलने लगी इसके साथ ही ध्रुव को महसूस होने लगा कि उसके दिमाग में उस दहाड़ की आवाज पहले के मुकाबले और ज्यादा तेज हो रही थी इस अजीब सी चीज को होते देख ध्रुव को, वक्त वक्त को, तो को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक बड़ी दहाड़ में बदलने के बावजूद उस दहाड़ में अभी भी कोई कमी थी तो क्या कमी थी इस बारे में सोचते हुए ध्रुव लगातार अपने दिमाग में उस दहाड़ की गूंज को सुन रहा था फिर कुछ पलों तक सोचते रहने के बाद अचानक से ध्रुव को महसूस होने लगा कि वो कमी अब दूर होने लगी थी इस एहसास को महसूस कर ध्रुव ने तुरंत अपनी खोली और एक दिल आखिरकार ऐसी खतरनाक दहाड़ उसके मुंह से निकली कैसे लेकिन इस दहाड़ ने उस पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया था यहाँ तक की उस दहाड़ में इतनी शक्ति थी कि झील के आस के छोटे तिलसमी जानवर कुछ पल के लिए वही के वही जम गए और हिल तक नहीं पाए तो क्या अधरू अंदरूनी हिस्से में जाकर अपनी ताकत का लोहा मनवा पाएगा जानने के लिए सुनते रहिए दिवन इन लिया रिवंश के साथ सुपर योग था सिर्फ पॉकेट अंपर